हेलो गॉइज वेलकम टू माय चैनल YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूट्यूबर्स अपने इंटरेस्ट के वीडियो बनाते हैं और अलग पीपल जो कि उसी इंटरेस्ट को रखते हैं वो लोग वो वीडियो देखकर एंजॉय करते हैं पर गाइज़ क्या आप जानते हैं कि YouTube में सबसे पहले किसने पहला वीडियो अपलोड किया था अगर आपको पता नहीं है तो फिर हमारे साथ बने रही जावेद करीम जो कि YouTube के को फाउंडर भी है उन्होंने पहला वीडियो अपलोड किया था अप्रैल ट्वेंटी फोर को टाइटल्ड मी एट द जू इफेक्ट सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए थैंक्स फॉर वॉचिंग